सी अग्न बद चलो सोलिया सेकंड सौदिया थोद थोड़ा ता ज्यादा चक्कु तो तेजा के आ गई साली पुला साकारा किससु से दो मैं बिना बिया नहीं है हां वो साली पुला मटरवा राजा मकर वो बिजनेस के मिली लागे का गे सुजा है छोक देना मतड़ा मांग जाना नहीं नहीं एक एक ही फिल्म है यस <गाँ> नहीं।, ता ता नहीं।, नहीं एक हुआ ना बस बास बस तो हो गया आ, इसका हो गया इसका हो गया आप सादिया को नहीं जो जीतेगा वही ओह लास्ट बचा है। नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। <laughs> बात कर रहे जो जीतेगा उसी का होगा नो नहीं नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। सादिया, इस बार फ्लिप करो ये नहीं कर नो नहीं, नहीं हुआ एक मिनट एक मिनट एक मिनट जगह इधर आओ थोड़ा थोड़ा इधर आओ सालिह इधर तुम थोड़ा साले तुम भी थोड़ा इधर चलो साथ साद्या स्टार्ट अरे क्या हुआ आपको आज आपका दिन नहीं है चैनल को चैनल पेज को पेज को नाम क्या है पेज का पेज का नाम गॉड